टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक टाइगर का शव पेड़ से लटका हुआ मिला घटना को लेकर वन, वन तो लड़ाई हुई होगी और इसी में एक की मौत हो गई इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी पन्ना टाइगर रिजर्व में एक वयस्क युवा बाघ की पेड़ के फंदे से फांसी लगने से मौत हो गई घटना पन्ना की के उत्तर वन मंडल के विक्रमपुर गांव की है देश में ऐसी पहली घटना है जब किसी बाघ की मौत फांसी लगने से हुई है पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बाघ का शव क्लचर वायर से लटका हुआ पाया गया बाघ का शव बेहद ही खराब हालत में मिला और उससे बदबू भी आ रही थी अनुमान लगाया जा रहा है कि बाघ की मौत पांच छह दिन पहले ही हो चुकी थी वन अधिकारियों ने बताया कि दूसरे बाघ के खरोच और संघर्ष के निशान जरूर मिले हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि दो बाघों की आपसी लड़ाई हुई होगी और इसी में एक की मौत हो गई अब इसको लेकर वन विभाग के कामकाज पर कई सवाल खड़े हो गए है। वहीं बीजेपी प्रदेश और हमने कहा है कि इस घटना की जांच गंभीरता से की जाए इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघ का सब पेड़ से रटका हुआ मिला है यह घटना अत्यंत चिंताजनक और दुर्भाग्यजनक है मैंने सभी वन विभाग के अधिकारियों से वहाँ के जिले के कलेक्टर और से बात की वो मौके पर भी पहुँचे हैं और वन विभाग के पीएस कंसोर्टिया कंसोटिया भी घटनास्थल पर पहुँचे उन्होंने भी घटना की गंभीरता से जांच की है और तो हमने कहा है कि इस घटना की कड़ाई से गंभीरता से जांच करके इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और वन प्रबंधन से लेकर के टाइगर पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में भी बहुत चिंता करने की जरूरत है इसलिए गंभीरता के साथ जांचो लोगों का आपको बता दें साल में मध्य प्रदेश में 32 टाइगर की मौत हो चुकी है पिछले एक साल में पूरे देश में 99 टाइगर्स की मौत हुई है मध्य प्रदेश में टाइगर की मौत के सबसे ज्यादा मामले आए हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 31 मौत के मामले नवम्बर तक आए हैं दिसंबर में एक और टोटल बत्तीस टाइगर की मौत हो चुकी है पहली मौत माला टाइगर की आठ जनवरी दो को बाधवगढ़ में दर्ज हुई थी दस साल में जुलाई 2022 तक दो टाइगर की मौत हो चुकी है एनटीसीए के अनुसार पिछले 10 साल में दो टाइगर्स सत्तर के मौत के आंकड़े दर्ज हुए हैं 10 सालों में छठ सबसे अधिक टाइगर बाद में मरे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज